पैंट की जेब में हाथ टाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी अरे शर्म करो कुछ बच्चे नहीं हो अब तुम यही टाइम होता है पढ़ाई करने का के बाद कभी क्या करोंगे? क्या करोगे करोगे पढ़ाई हमारी टें बात ही नहीं हम तो सिर्फ इंस्टाग्राम में रील्स बनाएंगे पढ़ागा हाँ, हाँ, नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली ये छपरी क्या कर रही काचा बदम की जगह कुछ और दिखा रही है अपनी कांड क्यों मटका रही इसे कान नहीं इसे काचा बदाम बोलते अगर इसे काचा बदाम बोलते तो इसे क्या कहते हैं अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो कहीं कांचा बदाम है तो कहीं अपनी कान मटका कर रहा है लोग सारे बावले हुए जा रहे हैं काचा बदाम के चक्कर में फेजू की नहीं है तो वैसे भी ऑलरेडी सितारों में है। फिर ये कांचा बदाम जोड़ के मैं नाश्ते नाश्ते सबको दिखा दे मुझे भी दिखा दे इस लड़की को भी दिखा दे मुझे देखने को पिक्सल का कैमरा ऑन करके चुड़ फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो अरे शर्म करो ये मैंने कहीं तो देखा करने की साला में ऐसे-ऐसे करना जरूरी है है क्या? मुझे याद आता ये ये? कोई मिल गया छपरी हमें और कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर है है ऊपर कि पीछे है इन दो कड़ी के छपड़ियों को डांस करने के लिए कोई जगह नहीं मिलता इसलिए पहुंच गए खेतों में सूट करने के लिए हो रहा है अच्छा है मैं अंधा इन इन की की जोड़ी तक कोई समझ नहीं चले के सालों पर इन की लोग समझ नहीं नहीं चले ने पर दोनों पा रहे आखिर ये हैं हैं हैं कि है कि भाई बहन है। लोगों लोगोजा हारा में पंतिका सीन है, सीन है। किसी का बादाम हरा भरा है किसी का सूख चुका है और किसी का मर ही चुका है कोई खाद पानी खोद रहा है इसी के साथ ये काचा बादाम का कहानी यही खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया